स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम अपने इस चैनल पर दुष्यंत कुमार की गज़लों को साझा कर रहे हैं इसी क्रम में पेश है साए में धूप गज़ल संग्रह से उनकी एक और गज़ल जिसका शीर्षक है देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली एक ख़तरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली एक खतरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली कितना अच्छा है कि सांसों की हवा लगती है कितना अच्छा है कि सांसों की हवा लगती है आग अब उनसे बुझाई नहीं जाने वाली आग उनसे बुझाई नहीं जाने वाली एक तालाब सी भर जाती है हर बारिश में एक तालाब सी भर जाती है हर बारिश में एक तालाब सी भर जाती है हर बारिश में तो मैं समझता हूँ एक खाई नहीं जाने वाली